बड़ा निकला झड़ लिया के गांव में गा निकला झड़ लिया के गांव में हर ला मनवा देखे हो हर ला मनवा देखे देहा

िया कला के ला झड़ लिया के के के गांव में निकला झड़ लिया

नीचे फूसके मरैया फूखफी पारा के नीचे फूस के मरैया बीचे अमय मरैया शो खेत के नहरिया मैय मरैया शोवे सके नहरिया

हके कोई कोलिया भी हो। कोई कोलिया भी कौआ के काम का

निमिया के डार झूला झूले सांर बोरिया निमिया के डार झूला झूले सांर गोरिया जली परम घूक कारी के बबूरिया जली परम घूक कारी के

चूड़ी थे हो अथवान चूड़ी पायल थे

हा

सी जब से तो जब से चमके जब जब बहा से चमके बदीसी गोरी

ला हवा के नागे मरा ने कला ने धरे नि हाथ का मरा ने कला ने धरे नि हाथ का ओ हरे ललनवा के हाथी हम बा मैं ओ हरे ललनवा के देह ही हा आओ मैं मरा ने कला ने

जेठके भुरिया खुरपी पुदारे घुमली बजौरिया खुरपी कु

जवाब में बाला निकला पढ़ने कला में जगाम हमारे लावा दे भाव में हमारे लमी जी हवा भाव में बड़ा कला गया ज गा में बड़ा निकला गला

पिया के आत्मे बी कटो रंग दूधगा के कटो में दूध का कागा के

सो कई मो पर का सो पहला हो हो ऐ है सो पहला सागर अथा में हमारा लेखा ना है हरिया तेरा हमारा लेखा ना है हरिया तेरा हमारा